मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की इस आदिवासी छात्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर इन दोनों खूब वायरल हो रहा है जिसमें यह अपने तेवर भरे अंदाज में यह कहती हुई नजर आ रही है कि सर हमें कलेक्टर बना दो हम बनने के लिए तैयार हैं सबकी मांगे पूरी कर देंगे जिसके बाद लोग इसकी सराहनीय प्रशंसा भी कर रहे हैं हाँ तो दोस्तों यह आदिवासी छात्रा आखिर कौन है और इसकी सरकार ऐसी क्या मांगे हैं क्या वास्तव में इसको दो दिन के लिए कलेक्टर बना दिया जाएगा हम इस वीडियो में आपको सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का है वीडियो में कलेक्टर से डटकर अपना हक मांग रही छात्रा का नाम निर्मला चौहान है तो आप पहले यह वीडियो देखिए उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो। हम बनने के लिए तैयार है सबकी मांगे पूरी कर देंगे तो लिए सर। जैसे हम भेक मांगने के लिए आए हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर हम इतने दूर से आते है आदिवासी लोग पैसे कितने किराने दे के आते हैं 20 वर्षीय निर्मला झाबुआ में स्थित कन्या महाविद्यालय से बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है निर्मला से जब इस गुस्से की वजह पूछा गया तो पता चला उन्हें कॉलेज जाने के दौरान बीच रास्ते में ही बस से उतार दिया जाता है कारण यह है कि किराया भरने के लिए उनके पास 5 से 10 रुपए भी नहीं होते हैं तो क्या सरकार वहां रहने वाली आदिवासी छात्राओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकती छाबुआ में एन प्रदर्शन के दौरान जब छात्र ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय आरोप पहुँचे तो वहाँ के कलेक्टर सोमेश मिश्रा किसी वजह ऐसी कार्यालय ऐसी बाहर नहीं आये ऐसे में पुलिस ने भी बैरिकोडिंग लगाकर छात्रों को बाहर ही रोक दिया काफी देर होने आरोप जब निर्मला का गुस्सा फूटा तो उन्होंने अपने तीखे तेवरों में ये बात कह डाली इन्हीं भरी बातों की वजह से वायरल सनसनी बनी निर्मला चौहान का यह कहना है कि अगर मैं कलेक्टर बन गई तो मैं गांव से आने वाली किसी भी छात्रा को 5 मिनट भी धूप में नहीं खड़े रहने दूंगी सबकी मांगे पूरी कर देंगे अगर आप नहीं कर पा रहे आखिर किसके लिए बनी है सरकार क्या हम यहां भीख मांगने आए हैं यह वीडियो वायरल होने के बाद इस छात्रा यानी कि निर्मला चौहान को झाबुआ जिले का महासचिव बनाया गया है और आदिवासियों के संगठन यानी जयस आदिवासी युवा शक्ति ने निर्मला की यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरी जिम्मेदारी ली है वास्तव में बता दें कि निर्मला चौहान अलीराजपुर के खांडवा गाँव के रहने वाली है वे बस झाबुआ में रहकर बी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है हालांकि उन्हें अभी कलेक्टर बनाने पर कोई मत नहीं दिया गया है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल इन्फॉर्मेटिव स्टेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा